ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कोस्टार्स हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर को लेकर हमेशा से ही डेटिंग की अफवाहें उड़ती रहती हैं लेकिन दोनों में से कोई इस पर चुप्पी नहीं तोड़ता है वैसे हर्षद ने फाइनली बता दिया है कि वो अपने से तेरह साल छोटी प्रणाली को डेट कर रहे हैं या नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ सबके पसंदीदा है हर्षद अभिमन्यु के तौर पर और प्रणाली अक्षरा के तौर पर सबसे फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है और उनके बड़े पैमाने पर फैंस हैं कई सूत्रों ने यह भी बताया कि वे रियल लाइफ में डेटिंग कर रहे हैं हालांकि अफवाह फैलाने वाले कपल अक्सर एक दूसरे के साथ अक्सर देखे जाते हैं हर्षद चोपड़ा ने हाल ही में उन सभी सवालों के जवाब दिए जो उनके डेटिंग से रिलेटेड हैं टेली चक्कर के साथ एक बातचीत में हर्षद और प्रणाली से उनके बीच के रिश्ते की अफवाहों पर पूछा गया था जो अटकले लगाती रहती हैं इस पर उन्होंने जवाब दिया ऐसा कुछ नहीं है उन्होंने कहा फिलहाल हम सभी अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं और इंडियन तेली अवार्ड्स में हमने जो ट्रॉफ़ी जीती है वह इस बात का सबूत है कि हमें और काम करने की ज़रूरत है लाखों फैंस के दिल टूटने की यही वजह हो सकती है क्योंकि वो अपनी फेवरेट जोड़ी को असल जिंदगी में भी साथ देखना चाहते थे अभिमन्यु और अक्षरा के फ़ैन्स उन्हें गभीरा कहते हैं और शो में हालिया ट्विस्ट ने उन्हें शो के बारे में परेशान कर दिया लंबे समय तक शादी करने के बाद अभिमन्यु और अक्षरा अलग हो गए थे शो ने लीप लिया और कपल को अलग अलग रहते हुए दिखाया फैंस शो के लीड और उनके पसंदीदा कपल के अलग अलग तरीकों से जाने को बर्दाश्त नहीं कर सके उन्होंने ट्विटर पर हैशटैग भी शुरू कर दिया ब्रिंग अभिरा बैक चूंकि फैंस उनके फिर से आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है कि उनके लिए कुछ अच्छी खबर हो सकती है हर्षद चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में शेयर किया मुझे 100 प्रतिशत विश्वास है कि अभीरा के बीच की समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी और उनके बीच स्थितियां बेहतर होंगी फ़िलहाल हम जिस ट्रैक की शूटिंग कर रहे हैं वह बहुत दिलचस्प है और आने वाले एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे बता दें कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर के बीच 13 साल का उम्र का फासला है दोनों को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ती हैं कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन दोनों इस बात को नहीं मानते हैं